वट्सअप गाइस तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो कि प्रीव्यू में देखे आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक फुल वॉच करना तभी आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे इफेक्ट लगाना है तो गाइस सबसे पहले आप लोग को अलाइट मोशन ओपन करना है अगर आप लोग अलाइट मशीन नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल में पिन करके रख दिया हूँ वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लेना तो वैसे आप लोगों को दो प्रोजेक्ट मिलेंगे एक सॉन्ग प्रोजेक्ट और एक से आप लोग को दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो कैसे आप लोग को सोंगे तो कैसे ऐसे ही बने रहेंगे बीट तो कैसे आप लोग को सबसे पहले फोटो जो कि सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट बीट मैंने यहाँ अपना लोगो चेंज करना है जो भी आप लो लोगो बनाए हो तो उसको चेंज कर ले तो मैं यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं फोटो प्रोवाइड आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा बस आप लोगों को सोमेट प्रोजेक्ट और फिर सेफेक्ट आप लोग को टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो फोटो के यहाँ से एंड में लेके आ जाना है जो कि बीट पे आप लोग को फोटो को क्लिक करने के ऊपर कॉर्नर पे फिर को से लेने के लिए तो फोटो पहले से ही है तो आप लोगों को ऐसे ही सभी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है इसको से ये से से इधर इधर इधर कट कर कर कर दे रहे है तो तो मैं मैं सभी सभी फोटो को कर लेता हूं। तो वेट। तो सभी फोटो लेता जो कि लिया, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग को इसमें इफेक्ट लगाना है इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को बैक आना है। इस यहाँ जो कि फर्स्ट है इफेक्ट यहाँ ऊपर प्लस दिख रहा है यहाँ से आप लोग को कॉपी लेयर कर लेना है कॉपी लेर करने को बैक आना है सॉन्ग जाना है यहाँ आप लोगों को जो कि फर्स्ट फोटो को क्लिक करना है यहाँ से यहाँ से आप लोग कॉपी के हैं आना है ऐसे कॉलर पे जो कि है इसको क्लिक करना है यहाँ से कलर वाले को उसको पेस्ट इसको कर देना है इसको कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा फर्स्ट जो कि फोटो फिर आप को कर लेना था ऊपर से जो कि फर्स्ट मिले थे यहाँ से फर्स्ट तो तो फोटो पे फर्स्ट नरली ऐसे इधर जा स्कोप गेटवा से आप लोग को पेस्ट कर देना है तो आप लोग को एक फोटो को छोड़कर एक फोटो पे आप लोग को पेस्ट कर देना है तो आप लोग को फिर से बैक आना है तो गेट गाइस बैक आना या से एक इफेक्ट पे जाना है गाइस यहां से लास्ट वाले जो की पत्तियां लास्ट पे क्लिक करना है आप लोग जो की फर्स्ट में कॉपी किए थे उसको क्लिक करना है कर है का ना जाना है आप आप आप लोग लोग लोग जाना एक फोटो को छोड़कर जो कि पेस्ट किए थे तो थर्ड फोटो पे जाना है यहाँ से आप लोग यहाँ से पेस्ट इसको कलर को जो कि टिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना है तो कुछ इस तरीके से लग रहा है आप लोग को देखना आप लोग यहाँ से पेस्ट सीधे कर देना है आप लोग का जो कि कलर वाला है वो हट जाएगा वहां से। से तो आप लोग सभी को पेस्ट कर देना है। वेट। तो हम का जो कि आल हो गया टिक टिक भी, जो कि हो गया, तो आप लोग तो को तो वीडियो को एक्सपर्ट करना है ऊपर सेटिंग बगल पे दिख रहा है हेलो सेट कई ऐसे ही नहीं तो मिलते कोई डस्ट में तो तकलीफ टेक केयर